राम अपने भाई लक्ष्मण के अलावा सुग्रीव और हनुमान के साथ उसके पास गए अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो राम मुझे मार डालो तुम यही करने आए हो ना? आज नहीं रावण तुम थके हारे और निहत्थे हो अभी तुम्हें मारना युद्ध नीति के विरुद्ध है ऐसा अपमान युद्ध में मरना या मारना ही गर्व की बात हो यक्षण युद्ध नीति कहती है निहत्थे शत्रु पर आक्रमण करना गलत है और हम इसके विरुद्ध नहीं जाएंगे तरह कायर और डरपोक विश्वासघाती नहीं हूँ विभीषण मैं गर्व से अपने प्राण दे दूंगा